हेलो मैम उर्फी मैम उर्फी मैम प्लीज फोटो प्लीज एक पोस्ट दीजिए कपड़े पहन के आओ वन कहा नो क्वेश्चन अपना बीबी को, को कहा धान से कपड़ा पहन के आओ आज माई फ्रेन नो क्वेश्चन उर्फी जाबे मुझे कोई ट्रोल नहीं कर सकता कपड़े पहन के आ जाओ मेरा मर्जी है नो यर गाइस आई डों प्लीज मैम रुक जाइए मैम प्लीज मैम एक फोटो ये लोग को इग्नोर कीजिए मैम मैम प्लीज मैम रुकी का खोपड़ी तोड़ रही खोपड़ी तोड़ कौशाली का कौन है ये लोग? कहां से आते हैं